हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम आईआरसीटीसी आर पर अपना टिकट बुक करते हैं कोई भी ट्रेन का टिकट बुक करते हैं और हमें ये जानना है कि मान लो आपने जब टिकट बुक किया तो आपका स्टेटस था वेटिंग लिस्ट में वेटिंग लिस्ट टेन या कुछ भी वेटिंग लिस्ट दिखा रहा था कि वेटिंग लिस्ट ट्वेंटी थर्टी जो भी हो तो आपको ये जानना है कि आ, आपका जो टिकट है वो कन्फर्म होगा या नहीं होगा जो भी आने वाली डेट है तो फ्रेंड उसके लिए आप क्या करेंगे सिंपली आप गूगल क्रोम पर जाएंगे यहाँ पे फ्रेंड्स आप लिखेंगे सी एन एफ़ प्रोबिलिटी कैलकुलेटर सी एन एफ प्रोबीबिलिटी कैलकुलेटर ये आप लिखेंगे तो ये आपका फर्स्ट वाला पी एन आर स्टेटस एंड वेटिंग लिस्ट पी एन आर प्रडिक्शन इस पर क्लिक करेंगे कन्फर्म टिकट कट कन्फर्म टिकट करके इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं ये आपके सामने पी एन आर स्टेटस करके आ जाएगा फ्रेंड्स पी एन आर होता क्या है पी एन आर होता है आपका पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जब भी आप कोई टिकट कोई भी ट्रेन का टिकट बुक करते हैं तो एक बुकिंग पे आपको एक पीएनआर नंबर मिल जाता है तो आप यहाँ वो दस नंबर का पीएनआर नंबर लिखेंगे तो मैंने जैसे मेरा ये ये वाला है उसके बाद चेक पीएनआर स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पैसेंजर स्टेटस दिखा रहा है कि आर और RLWL एल करके दिखा रहा है उनके आगे लिखा है एट्टी नाइन परसेंट चांस और एटी एट परसेंट चांस इतने परसेंट के चांस हैं तो फ्रेंड्स इसमें क्या है नीचे आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे आएंगे आप तो नोटिफिकेशन और कन्फर्मेशन में दिखा रखा है इन्होंने कि क्या है फ्रेंड्स वेरी हाई कन्फर्मेशन चांस हैं अगर आपका परसेंटेज सेवेंटी से ज़्यादा है अगर आपके सत्तर परसेंट से ज़्यादा परसेंटेज वहां दिखा रहा है तो आपका कन्फर्म हो ही जाएगा मीडियम कन्फर्मेशन चांस में अगर 30 परसेंट और 70 परसेंट के बीच में आपकी वहाँ परसेंटेज दिखा रहा है कहाँ पे यहाँ पे ऊपर ये जैसे ये आर एल 9 के नीचे लिखा है ना हाई चांस हाई चांस इसी तरह से आप जो भी आपने बुकिंग की होगी उसमें आप ये देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ आएगा मीडियम कन्फर्मेशन चांस आपका तीस से सेवेंटी के बीच में और लो का तो लेस देन थर्टी अगर फ्रेंड्स आपका हाई कन वेरी हाई कंफर्मेशन चांस है वहाँ पे आपका सेवेंटी से ग्रेटर है तो आपका कंफर्म हो ही जाएगा अगर मीडियम कंफर्मेशन है तो आप अपने रिस्क पे उसको आ, बुक कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं बुकिंग के बाद और लो में तो नहीं होगा वो तो इस तरह से एक तो आप चेक कर सकते हैं और फ्रेंड्स आप कैसे चेक कर सकते हैं आप आई पर जाएंगे आई रेल कनेक्ट पर जाएंगे यहाँ पे फ्रेंड्स आप लॉगिन पे जाएंगे ये कैब दिया आपने और यहाँ आने के बाद फ्रेंड आप डायरेक्टली माय ट्रांजेक्शन पे जाएंगे माय ट्रांजेक्शन में फर्स्ट ऑप्शन है माय बुकिंग माय बुकिंग पे जाएंगे जैसे फ़्रेंड्स ये यह यहाँ पे ऊपर के दो टिकट ये बुक दिखा रहा है तो मैं सेकंड वाले को ओपन करता हूँ सेकंड वाले को ओपन जैसे मैंने किया यहाँ पे दिखा रहा है पैसेंजर इन्फॉर्मेशन ये यह, और यहाँ दिखा रहा है फ्रेंड डब्ल्यूएल वेटिंग लिस्ट नाइन और नीचे वेटिंग लिस्ट टेन तो फ्रेंड्स ये वेटिंग लिस्ट नाइन और वेटिंग लिस्ट टेन ये जो अभी दिखा रहा है ये वो दिखा रहा है जब मैंने टिकट बुक किया था तो मैंने वेटिंग लिस्ट नाइन और वेटिंग लिस्ट टेन में बुक किया था लेकिन फ्रेंड्स अभी ये करंट स्टेटस नहीं है उसके लिए करंट current, अभी करंटली स्टेटस देखने के लिए आप टिकट डिटेल सबसे ऊपर लिखा है उसके आगे थ्री डॉट हैं आप उन पे क्लिक करेंगे और करंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे जैसे ही आपने करंट स्टेटस पे क्लिक किया नीचे वेटिंग लिस्ट नाइन के नीचे आर एल आ गया और आर एल दिखा रहा है ये फ्रेंड आर क्या है आर है आपका रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट फ्रेंड्स होता क्या है जैसे रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट में ये होता है कि जैसे अब ये यही ट्रेन है ये कोलकाता से स्टार्ट हो रही है और जम्मू तभी तक जा रही है तो बीच में बहुत सारे स्टेशनस हैं तो फ्रेंड्स बीच में कोई स्टेशन है जहाँ से ज़्यादा ट्रेन नहीं है जैसे मैंने नजीरबाद से बुक किया है वहाँ से ज़्यादा ट्रेन नहीं है तो वहाँ से अगर कोलकाता से जम्मू तभी तक कोई भी बीच में टिकट कैंसिल करता है तो जिन इस्टेसन से ज़्यादा ट्रेन नहीं है वहाँ से जिस पर्सन ने जिस पैसेंजर ने टिकट बुक किया होगा उसको प्रायोरिटी दिया दी जाएगी उसका टिकट पहले बुक होने के चांस होंगे ये इसका मीन्स है तो फ्रेंड्स अभी इसका स्टेटस दिखाया तो फ्रेंड्स अभी यहां पे आप नीचे सी एन एफ प्रो देख रहे हैं मोर डिटेल लिखा है नीचे मोर uh, डिटेल के नीचे सी प्रोबेबिलिटी तो इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं कि कितने परसेंट चांस है आप यहाँ क्लिक करेंगे सी एन एफ प्रोबेबलिटी पर क्लिक जैसे ही आपने किया तो ये दिखा रहा है परसेंट ये दिखा रहा है सेवेंटी सेवन परसेंट चांस ऑफ कन्फर्मेशन कि सतहत्तर परसेंट इसके कंफर्म होने के चांस हैं तो आप यहाँ से भी इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं ये फ्रेंड्स सी एन एफ प्रोबिलिटी का ऑप्शन आपका जब भी आएगा पहले आप टिकट डिटेल में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके करेंट स्टेटस पर जाएंगे उसके बाद ही ये सी वाला ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देगा तो यहाँ से भी इस तरह से आप इसको चेक कर पाएंगे ठीक है फ्रेंड्स और फ्रेंड्स इसी में अगर आपने कोई टिकट जैसे कैंसिल किया है जैसे ये नीचे सबसे नीचे वाला कैंसिल किया हुआ है आप इस पे जाएंगे अगर आपको ये जानना है कि जो कैंसिल किया था ठीक है कैंसिल करने के बाद क्या होता है हमारी उसका रिफ़ंड आता है तो फ्रेंड्स जैसे ये मैंने कैंसिल किया था ये दिखा रहा है ठीक है कैंसिल हो गए थे और फ्रेंड अगर आपको रिफ़ंड देखना है आप माई अकाउंट में जाएंगे माई अकाउंट में जाने के बाद नहीं नहीं आप माय ट्रांजेक्शन में रहेंगे उसमें टिकट रिफ़ंड हिस्ट्री टिकट रिफ़ंड हिस्ट्री पर जाएँगे आप और यहाँ पे जाने के बाद आप ये मैंने कैंसिल किया था ट्रांजेक्शन स्टेटस कैंसिल है आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये दिखा रहा है कि ट्रांजेक्शन अमाउंट कितना अमाउंट था ठीक है और रिफ़ंड होके कितना आया सिक्स ये सिक्स अमाउंट था और रिफ़ंड होके ये दो टिकट बुक किए थे ये पाँच आया लगभग लगभग एक सौ तीस माइनस हो गए ठीक है यहाँ पे आप देख पाएंगे फ्रेंड ये रिफ़ंड आता कितने दिनों में मैं आपको बता दूँ आप यहाँ पे ही रिफ़ंड स्ट्री में जाके उसको देख सकते हैं कि अभी जब आ, जब आईआरसीटीसी वाले इसको इनिशिएट कर देते हैं उसके सेवन सेवन वर्किंग डेज़ में आपका रिफ़ंड अमाउंट आ जाता है और जब आपका रिफ़ंड अमाउंट आ जाता है जब वो लोग वहाँ से जो है इनिशिएट कर देते हैं तो आपके पास मेल भी आती है इनकी आपकी मेल आईडी पे मेल आएगी और रिफ़ंड अमाउंट भी आपका जब मतलब सेवन डेज के अंदर अंदर आ जाता है इनके इनिशिएट करने के सेवन डेज़ करने के अंदर अंदर आ जाता है आपकी मेल भी आपको मेल भी आएगी और आप यहां पे रिफंड हिस्ट्री के अंदर उसको देख भी पाएंगे आपके अकाउंट में आ जाता है तो फ्रेंड इस तरह से आप ये कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू